मां जाते रात ये दिल की पतंग को काटे आए तुझे से कटके ये गिरी तिर छत पे आके आए हमारा जाते